ये फतेह तैयार हो गया हमारा अब हम जाएंगे जागरण में माथा टेकने ये देखो फतेह की ड्रेस सुंदर लग है ना सुंदर सुंदर अब आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद हम जाएंगे जागरण में ठीक है फतेह बाबू ओके ठीक है न फतेह ये हो गया फतेह का सामान पैक इसमें भी फतेह का सारा सामान है खिलौने वगैरह अब हम जा रहे हैं फतेह को लेकर चले फते? चलो फतेह जागरण पे चले के साथ मेरा बाबू चलो।, चलो, चलो भी पहुंच गए हम जागरण वाले घर पर खाने में समान है नो जी खाने में बाप के सामने है, खीर है दाल है मटर पनीर है चावल है सलाद है जागरण में मत्था के लिए अब जा रहे हैं हम अपने घर पे चलो फते चलो जी अब आ गए हैं हम घर और अब करते हैं फते के साथ द एंड वीडियो का ओके गुड नाइट मिलते हैं मॉर्निंग में बाय बाय बोल दो बेटा बाय